गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक अगेन तो आज है 16th ऑफ अगस्त और बस अभी उठी अभी नहीं उठी हूँ उठी बहुत पहले थी बट तुरंत उठ के फोन नहीं यूज़ करती तो बस अभी उठी हूँ और देखते हैं आज का कहाँ क्या, क्या क्या प्लान है गाइज़ तो अभी मम्मी और मैं खा रही हूँ क्या खा रही हूँ ये मैं नहीं इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेना लेंगे कभी आगे बस बस तो अभी अभी यही चल रहा है। पापा क्या है बाहर घूमने तो बस अभी खा पी के कोई काम नहीं है सो जाना है आज हो गया नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड कराने क्यों क्या हुआ था कैसे क्या इसका बहुत डिटेल वीडियो बाद में बनाऊँगी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड कराने और वहाँ पे मैं कुछ सूट कर नहीं पाऊँगी क्योंकि वहाँ था सही नहीं लगता तो बस अभी आते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो गाइज मैं आ गई थी अल्ट्रासाउंड करवा कर रूम पर उसके आग, रूम पर नहीं घर पर आदत हो गई है तो घर पर आ गई थी और बस उसके बाद फिर आराम किए फिर सोई थी कुछ ज़्यादा कुछ किए नहीं तो और अभी रात हो गई है गुप्पा आए हैं बस खाना वाना बन रहा है फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है गुड मॉर्निंग गाइज और आज तीसरा दिन चल रहा है ये ब्लॉग तीन दिन तक चलेगा मतलब चल रहा है क्योंकि कल कुछ भी शूट नहीं किया कल लड़का अल्ट्रासाउंड कराने गया तो बहुत देर तक वहीं पर रहें फिर परसों भी यही हाल था तो बस आज जा रही हूँ आई टेस्ट कराने तो आज आपको लेकर चलेंगे तो चलिए चलते हैं निमित को देखते हैं तैयार नहीं पाए ये देखिए भैया को ये निमित का इंतजार करते हुए हम लोग तैयार होकर खड़े हैं लेकिन निमित अभी तक आने का कोई नाम नहीं है उनका निमित निमित आ चुके हैं दुनाई हो गई है निमित की <laughs> निमित निमित की दुनाई हो गई है और दुनाई के बाद फाइनली निमित तैयार है फाइनली ये दवा ले लिया है और ये निमित्त को भी चश्मा लग गया फाइनली अब चलते हैं आपसे सीधे रूम पर जाके मिलते हैं मैं आ चुकी हूँ रूम पर दवाई ववाई ले लिए हैं और चश्मे का पावर सबसे अच्छी बात यह है कि नहीं बढ़ा और निमित्त के आँख में पावर आ गया है तो उसे चश्मा लगवाना होगा और बस मम्मी अभी वहाँ सोई हैं और पापा मोबाइल देख रहे हैं तो अब मैं अभी जा रही थोड़ा आराम करने बहुत ज़्यादा आँख धूप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे शरीर जरिए तो बस अब आराम करते फिर शाम में मिलते रहा मेरा खाना और बस आज ज़्यादा नहीं खाएंगे आज इतना खाएँगे वैसे ये ज़्यादा ही है मुझे एक ही खाना था बस ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तो तक के लिए प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय